आकाश ये वर्मा जी के पइयो और और हां वो तेरा बचपन का दोस्त चिंटू आ रहा है ध्यान से जागो चल रेलवे स्टेशन से ले आइयो चिंटू आ रहा है क्या उसे वो वाली रात की बात पता होगी पता हुई हो तो ए गलत क्यों सोच रहा है पता मत लग तो यार तू कुछ लेगा मेरे लिए चाहिए वाला ये ले एस ही होना चाहिए संग तो क्या क्या क्या हुआ क्या हुआ अच्छा पर था अरे ना मेरे हर दूसरे लड़के पे तेरा होता है अबे वो है कौन तेरा वाइट कोई क्लास है हाँ है ना थर्ड क्लास बातें मत क्या हुआ अब वही अपनी ओ, अपनी क्लास की टॉपर। खेल रहे थे यार। तेरे संग भी? मतलब कुछ नहीं वो मैंने कॉलेज में सुना था कि वो किसी के संग डबल गेम खेल रही है इसलिए वो तू था जानने के बारे में उ अभी तो इतनी इतनी इतनी इतनी इतनी सी सी सी बात बात बात के लिए जासूस आप और लड़के की इसमें क्या गलती है तेरी बंदी भी उसके तो साले कौन को सामने सुबह 4:00 बजे उठ के अरे उसे वो के सन डब्लू एफ गैलरी थी अब कोई नहीं जाने दे यार नहीं मैं फोटो भी तो खींचा था अगर इससे पता चल गया कि वो मैं ही हूं तो मैं ये चलीया कोई और फोन लेगा नहीं मैं बोल लाए नहीं बोलना है North America